स्टूडेंट आठ पटेक का पार्ट टू वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि क्वेश्चन चार से लेकर छः तक सॉल्व करने वाले हैं यदि आप पार्ट वन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है देखिए स्टूडेंट चार नंबर का सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखिए जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो है उपयोग किया जाता है समक त्रिभुज का इसका नाम करते हैं ए बी सी यहां दिया है दिया है पंद्रह कोट ए बराबर आठ तो कोट ए बराबर हो जाएगा आठ बटे पंद्रह कोट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग आधार बटे लंब होता है यहाँ ए है तो इसका सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा आधार हो जाएगा ये बी आठ हो जाएगा आधार और लंब हो जाएगा पंद्रह यहाँ के लगा देते हैं मान लेते हैं माना माना ए बी बराबर आठ के बी सी बराबर पंद्रह के ए सी बराबर वाट देखिए स्टूडेंट इसमें लंब और आधार दिया है हमको निकालना है कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर का लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण यहां दिया है कर्ण ए को कर्ण माने हैं और लंब माने हैं ए को और आधार है बी AC का स्क्वायर AB का AB का वैल्यू दिया है आठ के का स्क्वायर BC का वैल्यू दिया है पंद्रह के का स्क्वायर AC का स्क्वायर अठी अठी चौसठ के का स्क्वायर पंद्रह से गुना करेंगे पंद्रह तो दो सौ पच्चीस के का स्क्वायर दोनों को जोड़ जूर देंगे जोड़ने के बाद दो सौ नवासी के का स्क्वायर आएगा तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर इधर आता है हो जाएगा क्या होगा रूट में हो जाएगा दो सौ नवासी के का स्क्वायर तो ए सी बराबर कितना जाएगा सत्रह के पुनः प्रश्न से देखते हैं प्रश्न से प्रश्न से पुनः प्रश्न से कहता है साइन ए साइन ए साइन ए बराबर सूत्र होता है हम लोग पढ़े हैं लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण लंब यहा तो समूह भुजा लंब हो गया पंद्रह के और कर्ण हो गया सत्रह के तो साइन ए का वेल्यू निकल गया के के कैंसिल साइन ए का मान पंद्रह बटे सत्रह फिर शेख ए शेख का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार शेख ए बराबर कर्ण दिया है यहाँ सत्रह के कर्ण जो है सत्रह के है सत्रह के दे देंगे और यहाँ ए दिया है समूह भूजा लंब हो जाएगा आधार हो जाएगा आठ का के के कैंसिल हो गया शेख ए बराबर सत्रह बटे आठ देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पाँच का सॉल्व कर रहे हैं यदि सेठ छिटा बराबर तेरह बटा बारह हो तो, तो अन्य सभी त्रिकोण अनुपात प्रकलित कीजिए सेठ ही दिया है और पांच को त्रिकोण अनुपात में प्रकलित करना है निकालना है जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं खीटा है ए बी दिया है हम, दिया है थीटा बराबर तेरे हम लोग जानते हैं सेटा का फॉर्मूला होता है आधार कर्ण बटा आधार कर्ण है तेरह और आधार है बारह यहाँ के लगाते हैं मान लेते हैं माना ए बराबर तेरह के और बी बराबर बारह के ए बराबर हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब दिया है यहाँ ए बी का स्क्वायर कर लेंगे कर्ण दिया है तेरह के तेरह के का स्क्वायर करेंगे आधार दिया है 12 के 12 के का स्क्वायर कर लेंगे तो AB बराबर 13 के का स्क्वायर कितना होगा एक के का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 के का स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर एक में घटाएंगे 144 को तो 25 के का स्क्वायर निकलेगा हम लोग जानते हैं इधर स्क्वायर आता है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा रूट का मतलब होता है स्काय वर्गमूल तो 25 का वर्गमूल पाँच हो जाएगा के का स्क्वायर कटेगा के बच जाएगा ए बी का मान आ गया पाँच ए बी का मान पाँच के पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से से हिटा दिया है तो साइन थीटा निकालते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण लंब देखिए देखिये पांच के दिया है और कर्ण तेरह के दिया है के कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर पांच बटे तेरह कोष ठीटा कोष हीटा का पढ़ रहे हैं आधार बटे कर्ण आधार दिया है आधार कर्ण आधार है बारह के कर्ण है तेरह के के कैंसिल कोष ही बराबर बारह बटे तेरह अब टेन थीटा टेन थीटा, थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार लंब आधार लंब दिया है यहाँ पांच के और आधार दिया है के के के कैंसिल के थीटा बराबर पांच बटे बारह कोट थीटा कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब आधार दिया है यहाँ बारह के और लंब दिया है पांच के के के कैंसिल को थीटा बराबर बारह बटे पांच को थीटा कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा बराबर कर्न कर दिया है तेरह के और लंब दिया है पाँच के के के कैंसिल तेरह बटे पाँच देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर छः दिया है यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो तो जहां कौश ए बराबर कौश बी तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी दिखाना है इसमें दिया है न्यून कौन न्यून कौन के लिए एंगल बनाते हैं कौन ए और कौन बी दिया है न्यून कौन है ए मानते हैं और बी देते हैं सी संपन्न हो जाएगा दिया है।, दिया है दिया है कौन ए और कौन बी न्यून कौन है न्यून कौन है तो कॉस ए बराबर कॉस बी कौ बराबर कॉस बी तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी प्रमाण दो कॉस ए बराबर कॉस बी कोश का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है लंब कोश कहता है आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण यहाँ लंब हो जाएगा बी और हो जाएगा आधार हो जाएगा ए आधार हो जाएगा ए और कर्ण हो जाएगा ए बी यहाँ बी सम्मु भुजा दिया है बी का सम्मुख भुजा ए हो जाएगा लम्ब बी हो जाएगा आधार ए बी कल ए बी ए बी बराबर बी तो सम्मू भुजा जब आपस में बराबर होता है तो इसको लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी प्रमाणित हो गया यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें Thank you